ॐ सूर्याय मनो देहि स्वाहा वार के अधिपति देव भगवान भास्कर को प्रणाम करते हुए तथा भगवान भास्कर के इस अलौकिक एवं दिव्य मंत्र का उच्चारण करते हुए उनका ध्यान करते हुए मैं ज्योतिर्विद आशीष वक्त आप सभी दर्शकों के समक्ष दिनांक एक मार्च रविवार दिन का दैनिक राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ दर्शकों प्रस्तुत राशिफल फल ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानम नाम राशि न चिंतित तो हमारा शास्त्र भी कहता है कि आप लोग साहब जन्म राशि की प्रधानता दीजिए नाम राशि की चिंता मात्र भी मत करिए दर्शकों यदि आपके भी जीवन में कोई बाधा है कोई पीड़ा है तो आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं और भगवान सूर्य से भगवान भास्कर से इसमें देखिए लास्ट में है ना देहि देहि स्वाहा तो आपको मनोवांचित फल की प्राप्ति होगी यथेष्ट फल की प्राप्ति होगी मंत्र एक बार पुनः सुन लीजिए ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सहस्त्र किरण जी हाँ सूर्य देव के सहस्त्र जो है मतलब जो है किरण है मनोवांचित फलम देही दे स्वाहा यदि इस मंत्र का आप एक बार जाप भगवान भास्कर के सम्मुख प्राता जब सूर्य देव का उदय हो रहा हो उनके समक्ष बैठ तो कर देने में सक्षम है एक मार्च का पंचांग क्या कहता है आइए इस पर दृष्टि डाल लेते हैं तो विक्रम संबतर संबत उन्नीस सौ इकतालीस आज दर्शकों शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी अगेन रेफरेंस लेते हैं ब्रह्मा व्यवर्ष पुराण का सप्तमी तिथि तो सप्तमी तिथि जो है तिथि को खट्टी चीज़ें हो गई जैसे कि अचार हो गया खटाई हो गई आंवला हो गया इन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ब्रह्मा व्यवर्ष पुराण में मनाही है आंवले का तो सेवन आज के दिन कदापि नहीं करना चाहिए साथ ही साथ दर्शकों आज सूर्योदय होगा प्रातः छः बजकर तैंतीस मिनट पर और सूर्यास्त होगा शाम को छः बजकर तीन मिनट पर रविवार दिन रहेगा नक्षत्र रहेगा भरड़ी और उसके बाद कृतिका सूर्य का नक्षत्र रहेगा तो बहुत ही अच्छा संयोग आज बन रहा है जिनको भी आ, यदि क्या कहते हैं कि माणिक धारण करना है तो सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में आज प्रातःकाल छः बजकर मिनट से ले करके और जो है एक घंटे के भीतर छह बयालीस से सात बयालीस के भीतर यदि आप लोग धारण कर लेते हैं तो जो रूबी होता है जो माड़िक होता है उसका प्रभाव बहुत अच्छा हो जाएगा करण की बात करें तो तैतिल गर और वरिज करण रहेगा योग की बात करें तो इंद्र और वैधती योग रहेगा आज का जो शुभ समय प्रिय दर्शकों रहेगा ये रहेगा प्रातःकाल ग्यारह बजकर पचपन मिनट से बारह बजकर इकतालीस मिनट तक की इसको अभिजीत मुहूर्त के नाम से जानते हैं साथ ही साथ आज का जो अशुभ समय रहेगा इसको राहु काल के नाम से जानते हैं तो राहु काल रहेगा शाम को चार बजकर सैंतीस मिनट से छः बजकर तीन मिनट तक की चंद्र देव जो दर्शकों रहेंगे रहेंगे दोपहर मिनट तक तो मेष राशि राशि में में उसके बाद अपनी अपनी उच्च कला, अपनी उच्च कला चले जाएंगे वृषभ राशि में सूर्य देव इस समय कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं रविवार का दिन रहेगा तो पश्चिम दिशा की ओर दिशा होता है आज पश्चिम दिशा की ओर आपको यात्रा करने से बचना रहेगा प्रयास करिएगा कि पश्चिम दिशा की ओर आज आपको यात्रा करनी ही ना पड़े लेकिन यदि करनी पड़ जाए तो करना क्या रहेगा तो आज आप लोग देसी घी का सेवन कर सकते हैं आज आप लोग पान मीठे पान का एक बीड़ा खा करके तब आप लोग प्रस्थान निकाल सकते हैं और पहले आज आप लोगों को प्रयास ये करना चाहिए कि पश्चिम दिशा की ओर न जा करके पूर्व दिशा की ओर आपको चार पग चलना रहेगा तदउपरांत पश्चिम दिशा की ओर आपको यात्रा करनी पड़ेगी तो दर्शकों ये तो था हमारा पंचांग अब बढ़ते हैं हम अपने राशिफल पर और राशि की जो हमारी प्रथम राशि आती है ये आती है मेष राशि तो मेष राशि के जातकों आपके जीवन में क्या कुछ नया रहेगा तो देखिए आज का दिन काफी बढ़िया रहने वाला है परिवार वालों का आज आपको पूरा सहयोग पूरा साथ मिलेगा आपकी आज आपको माता से अच्छा सुख प्राप्त होगा और आज माँ के माध्यम से आपको कुछ धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है काम के सिलसिले में आज स्थितियाँ बेहतर रहेंगी अच्छी रहेंगी और यदि आप ट्रांसफर के बारे में सोच रहे थे तो इसको इसके योग बनना स्टार्ट हो गए हैं तो नई जगह पर स्थानांतरण के योग हैं निश्चित रूप से आप लोगों को अब नई जगह अपना जो है जाना पड़ेगा और चीज़ें स्थापित करनी पड़ेगी स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन थोड़ा सा कमजोर रहने वाला स्वास्थ्य का थोड़ा सा डाउन रहेगा शादीशुदा लोगों के दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ रहेगी प्रेमी जीवन के लिए दिन सामान्य रहेगा जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम आज काफ़ी अच्छा होगा जरूरत से अच्छा रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज भगवान भास्कर को आपको जल में गुड़ डाल करके अर्घ्य देना टॉरस जी हाँ वृषभ राशि देखिये वृषभ राशि के जात को आज का दिन थोड़ा सा कमजोर रहेगा क्योंकि आज आपके खर्चे बढ़े हुए होंगे आज आपका स्वास्थ्य कमजोर रहेगा और आज आप लोग कुछ कमजोरी महसूस करेंगे परिवार से कोई यात्रा पर आज आप लोग जो है परिवार वालों के साथ यात्राओं पर जा सकते हैं धार्मिक क्रियाकलापों में आज वृषभ राशि के जातकों का मन बहुत लगेगा क्योंकि दोपहर बाद चंद्रदेव का भी संचरण आपकी राशि में हो रहा है तो आज के दिन आपको कोई अप्रत्याशित ल? लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है ऑफिस में आज मन आपका काम में लगेगा और आज किसी नए बिजनेस की आपकी शुरुआत हो सकती है पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहेगा लेकिन दांपत्य जीवन के लिए संबंध कमजोर रहेंगे क्यों रहेंगे? अब देख लीजिए चंद्रमा आपके पहले घर में है वृषभ राशि तभी होती है ना उच्च राशि में भले ये पहुंच रहे हैं तो दोपहर बाद चूंकि देख अपनी सप्तम दृष्टि नीच राशि को रहे हैं तो आपके जो है दाम्पत्य जीवन के लिए ये अकारक है अच्छा नहीं है तो जब इनके नीचे राशि पर दृष्टि संबंध पड़ते हैं तो दर्शकों पत्नी के साथ आपका विवाद होगा किसी पुरानी बात को लेकर के आप दोनों लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा इत्यादि हो सकता है जो लोग लव रिलेशनशिप में है देखिए पंचम भाव होता है प्यार का उनको आज बेहतर नतीजे हासिल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं पूर्व में यदि आपने किसी को पैसा दिया है तो आज आपको वापस होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर आपको करना क्या रहेगा तो देखिए आज के दिन आप लोग जो है मसूर की दाल और गुड़ ये आप लोग गाय को खिलाइए आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा ग्रीन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक नौ अगली राशि की ओर चलते हैं हमारी अगली राशि आती है ये आती है जेमिनी जी हाँ मिथुन राशि मिथुन राशि के जातको आज का दिन ठीक ठाक रहेगा इनकम के मामले में आज आप काफ़ी लकी रहेंगे आज आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा और मानसिक सेटिस्फैक्शन मानसिक जो है खुशी रहेगी प्रेम संबंध में असफलता का दिन लेकर के आया है साथ ही साथ आज आप लोग कहीं पर अपने प्रेमी के साथ डेटिंग पे जा सकते हैं घूमने जा सकते हैं विद्यार्थियों का आज पढ़ाई में मन खूब लगेगा कोई एग्जाम्स है कोई पेपर है निश्चित रूप से आज आप उसमें सफल होंगे आज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे यदि आप शादीशुदा है तो संतान का सुख मिलेगा जिससे आपको संतुष्टि प्राप्त होगी किसी कलात्मक कार्य में जो है अपने हाथ जो है आज आप आज तथा उससे धन लाभ भी अर्जित करते हुए दिखाई पड़ रहे उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को करना क्या रहेगा देखिए मिथुन राशि के जातकों आज के दिन सबसे पहले तो आप लोग प्रयास करिएगा कि नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें साथ ही साथ अपने पिता और माता के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद दीजिएगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक छे कर्क राशि की ओर चलते हैं तो कर्क राशि के जातकों स्वास्थ्य का पाया थोड़ा कमजोर रहेगा लेकिन दोपहर बाद से जैसे आपकी राशि के स्वामी उच्च के होंगे तो दिन आपके अनुकूल आ जाएगा काम के सिलसिले में आज आपको थोड़ी सी मेहनत कर, करनी पड़ सकती है पारिवारिक जीवन आपका बेहतर रहेगा और माता पिता का अच्छा सुख प्राप्त होगा स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रहेगा अधिक आ, क्या कहते हैं व्यस्तता से आज आपको बचना रहेगा जंक फूड वगैरह बाहर के अवॉइड करिएगा किसी भी प्रकार के आज मांसाहार से बचने की आपको सितारे यहाँ सलाह दे रहे हैं प्रेम जीवन में कोई नई बात आज, आज आपके बीच खुशी का कारण बन सकती है और आज आप कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीद करके अपने पार्टनर को दे सकते हैं साथ ही साथ आज का दिन कोर्ट कचहरी के लिहाज के मामलों में आपके लिए सफलता लेकर के आया है उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को करना क्या रहेगा तो कर्क राशि के जातकों आज भगवान भास्कर को अर्घ दीजिए तथा सूर्य गायत्री मंत्र का उन्हीं के समक्ष वाइट करके एक माला आपको जाप करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक आठ अगली राशि चलते हैं भगवान भास्कर अर्थात ग्रहों के राजा सूर्य देव की राशि है सिंह राशि तो सिंह राशि के जातकों देखिए आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है चमाचम रहने वाला है आज के दिन का सदुपयोग करने की सितारे यहाँ पर सलाह दे रहे हैं विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में सफलता मिलेगी कोई एग्जाम देने आज आप जा रहे हैं उसमें आज आप सफल होंगे प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा जो लोग शादीशुदा है उनके दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं रह सकती हैं आज ऑफिस में आपका काम आपके लिए कोई खुशखबरी लेकर के आ सकता है स्वास्थ्य का पाया मजबूत होगा साथ ही साथ स्थानांतरण के भी योग बन रहे लेकिन ये स्थानांतरण जो होगा ये आपके मनपसंद जगह पर होगा उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को करना क्या है तो देखिए आज के दिन आप लोग उपवास करिए नमक का सेवन बिल्कुल भी मत करिए साथ ही साथ भगवान भास्कर को जल में लाल कुमकुम डाल करके आपको अर्घ देना रहेगा और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना रहेगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक एक हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है कन्या राशि देखिए कन्या राशि के जातकों आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है धन के मामले में समय थोड़ा कमजोर रहेगा इनकम में कुछ गिरावट आ सकती है और किसी निवेश के कारण जोखिम उठाना नुकसान नुकसानदेह साबित हो सकता है शादीशुदा लोगों को दांपत्य जीवन खुशनुमा रहेगा पारिवारिक जीवन के लिहाज से दिन अच्छा रहने वाला है ससुराल पक्ष से आज आपके संबंध बेहतर होंगे और ससुराल पक्ष से कुछ आपको आय हो सकती है कामकाज के सिलसिले में लघु दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है उपाय के तौर पर आज आप लोगों को करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग अपने पार्टनर को कोई जो है सुगंधित चीज़ों का गिफ्ट दे सकते हैं साथ ही साथ किसी सुहाग सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री जरूर दीजिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक सात बढ़ते हम अपनी अगली राशि पर लेकिन दर्शकों आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा बगल में बना जो है सब्सक्राइब बटन दबाया होगा उसके बगल में घंटी बनी है उसको आप लोग जरूर दबाइए दर्शकों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक मार्च यानी कि आज रात्रि को हम लाइव होंगे आप सभी के सम्मुख और रात्रि दस से ग्यारह बजे तक आपके प्रश्नों के उत्तर हमको लेना है साथ ही साथ आपके कुंडली का हमको विश्लेषण भी करना है तो जो तीन तारीख दो तारीख का राशिफल होगा वो एक तारीख की रात्रि में आप दस से ग्यारह बजे हमसे जुड़ करके देख सकते हैं तुला राशि के जात को आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा व्यापार के सिलसिले में प्रयासों को गति मिलेगी और व्यापार में आज बढ़ोतरी होगी शादीशुदा लोगों को उनके जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा पारिवारिक जीवन में भी परिजनों का आज आपको सहयोग प्राप्त होगा यात्राओं पर जाने के लिए समय आपके लिए आज अनुकूल नहीं है तो थोड़ा सा यात्राओं से परहेज करिएगा समाज में मान सम्मान बढ़ेगा तथा तो प्रेम संबंधों के लिए दिन थोड़ा सा अनुकूल नहीं है इसलिए अपने प्रियतम को नाराज न होने दें साथ ही साथ जो है आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि जंक फूड को आपको अवॉइड करना रहेगा और किसी से कोई ऐसा पढ़ना को को नहीं है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज सूर्यदेव के समक्ष बैठ करके और आदित्य हृदय स्त्रोत का तीन बार आप लोग पाठ करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा ऑरेंज शुभ अंक रहेगा तो हम बढ़ते हैं अपनी अगली राशि हमारी जो अगली राशि आती है ये वृश्चिक राशि देखिए वृश्चिक राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा कमजोर रह सकता है कामों में आज आपके विलंब हो सकता है जिससे आपको थोड़ी दिक्कत होगी मानसिक दबाव कुछ महसूस कर सकते हैं आज खर्चे भी काफी अधिक रहेंगे जिन पर नियंत्रण रखना आज आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा दाम्पत्य जीवन में तनाव रह सकता है यदि किसी से आज आप प्रेम करते हैं तो उनसे अपने मन की बात कह दें इजार कर दे स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं तथा आज कामकाज के सिलसिले में आपको बेहतर नतीजे हासिल होंगे आज का दिन वृश्चिक राशि के जातक जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया रहेगा यदि आपका कोई रिजल्ट आने वाला है तो वो आपके फेवर में आ सकता है उपाय के तौर पर करना क्या है तो देखिए यदि आप आज एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्रातः काल उठकर के दोनों हथेलियों के दर्शन करिए साथ ही साथ गुड़ का सेवन करिए और यदि हो सके तो गाय को गुड़ खिला करके जरूर निकलिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक नौ हमारी जो अगली राशि आती है आती है धनुराशि तो धनु राशि के जात देखिए आज आर्थिक तौर पर आपको अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे आज आपको निवेश से अच्छा लाभ मिलेगा और प्रेम संबंध आज आपके प्रगाढ़ होंगे मजबूत होंगे शिक्षा में जो रुकावटें चली आ रही थी राशि के जातकों इनका अंत होगा शादीशुदा लोगों को संतान सुख की प्राप्ति होगी साथ ही साथ काम में थोड़ा सा मन आज, आज आपके कम लगेगा परिवार के प्रति आज ध्यान आप लोग अधिक देंगे इससे ज्यादा बढ़िया जो है दिन रहेगा जीवन साधी के साथ संबंध मधुर रहेंगे आज आपकी कोई कीमती चीज देखिए खो सकती है तो अपनी कीमती वस्तुएं संभाल करके आज रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं धन खर्च के योग बन रहे हैं तो आज कहीं बाहर जा सकते हैं घूमने फिरने मूवी वगैरह देखने वहां पर आपका पैसा अच्छा खासा खर्चा हो सकता है तो थोड़ा सा अपने पॉकेट पर आज आपको कंट्रोल करना है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिये भगवान भास्कर का मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमा इस मंत्र का 108 बार जाप करिएगा मंत्र एक बार पुनः सुन लीजिए ओम ह्रीम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र को आप लोग 108 बार भगवान भास्कर के समक्ष बैठकर के करिए निश्चित रूप से आपको जो है आपके कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पांच पैप्रिकॉन मकर राशि के जातकों को देखिए आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा परिवार के साथ समय आपका बीतेगा और परिवार वालों का सहयोग प्राप्त होगा काम के सिलसिले में बेहतर नतीजे हासिल होंगे लेकिन आज आपके खर्चे बहुत अधिक हो सकते हैं इनका बोझ आज आपके पॉकेट पर आज आपकी जेब पर पड़ सकता है आज आपके जीवन साथी और परिवार वालों के बीच अच्छा तालमेल दिखाई देगा और सभी आप लोग कहीं पर बाहर लघु दूरी की यात्राओं पर चाहे वो धार्मिक यात्राएं हों घूमने जा सकते हैं लेकिन आज संतान को कुछ देखिए कष्ट हो सकता है तो संतान का आज आपको विशेष ध्यान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं किसी भी प्रकार की जो है वाहन इत्यादि देने से आज, आज आप लोग परहेज करिएगा उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए एक माला महामृत्युंजय मंत्र का आप लोग करिए मकर राशि के जात को आज आपके लिए जो शुभ कलर रहेगा ये रहेगा आसमानी और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक सात बढ़ते हम अपनी अगली राशि पर हमारी अगली राशि आती है ये है कुंभ राशि कुंभ राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है काम के सिलसिले में भी बढ़िया नतीजे मिलेंगे इसी संबंध में की गई यात्राएँ काफ़ी सफलता देंगी किसी यात्रा पर जाने से मन में हर्षित होगे आज आपको कुछ नए लाभ के योग मिल रहे हैं जिससे आपका व्यापार गतिविधि जो है पकड़ेगा आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी फिर भी खर्चों का बोझ आज आपको बढ़ेगा आज जो भी काम आप करने जा रहे हैं निश्चित रूप से आप उसमें सफल होंगे इसमें तो कोई संशय ही नहीं है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय का आज आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक तीन बढ़ते हम अपनी अगली राशि पर और ये हमारी अंतिम राशि आती है तो अंतिम राशि पर जाने से पहले आप लोगों से निवेदन करेंगे कि जो हम इस चैनल पर नए आए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए बगल में बना बेल आइकन दबा लीजिए और एक तारीख को रविवार रात्रि दस से ग्यारह बजे तक हम लाइव आएंगे दो तारीख का राशिफल प्रस्तुत करने वहां पर आप हमसे जुड़ करके अपनी कुंडली का विश्लेषण निशुल्क करवा सकते हैं शेष ये सुविधा शुल्क के साथ है और मुंबई आगमन हो रहा 28 और 29 मार्च जो भी दर्शक मुंबई के हैं उसके आसपास के क्षेत्र से हैं आप लोग हमसे मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं मीन राशि के जात आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है परिवार में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करेंगी अपनी वाड़ी और व्यवहार से आज रहेगी पारिवार जीवन में तनाव आज आप पर हबी हो सकता है शादीशुदा लोगों का दाम्पत्य जीवन सामान्य रहेगा जो लोग किसी प्रेम बंधन में है उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा मीन राशि के जातकों को तो मीन राशि के जातकों आज भगवान भास्कर के समक्ष बैठ करके, करके सूर्य कवच का आपको पाठ करना रहेगा साथ ही साथ आज भगवान भास्कर को आपको अर्घ देना रहेगा लेकिन जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिएगा तब अर्घ दीजिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक एक तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइएगा नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बगल बेलाइकन दबाइए दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय सूर्यदेव